हरिद्वार में मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन की अध्यक्षता उद्योग मित्र समिति की एक बैठक हुई जहां औद्योगिक इलाकों की समस्याओं और उनके निदान को लेकर विचार विमर्श किया गया मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन को बैठक में महाप्रबंधक जिला उद्योग पल्लवी गुप्ता ने उद्योग मित्र समिति में रखे गए विभिन्न बिंदुओं के संबंध में जानकारी दी बैठक में रायपुर लकेश्वरी औद्योगिक क्षेत्र की पानी की निकासी के संबंध में चर्चा हुई जिस पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस उद्योग के प्रथम चरण का 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है एनएचआई के अधिकारियों ने बैठक में ग्राम रायपुर से ग्राम चौली तक नाले के निर्माण के संबंध में बताया कि हाईवे के किनारे बनाई गई नाली केवल बरसात के पानी के निकासी के लिए बनाई गई है जबकि उद्योगों द्वारा भी इसमें पानी छोड़ दिया जाता है जिसकी वजह से सर्विस रोड भी क्षतिग्रस्त हो जाती है मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक में इंडस्ट्रियल एरिया रामनगर रुड़की व सलेमपुर राजपुताना की सड़कों के निर्माण को तत्काल आरम्भ करने के निर्देश दिए मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य ऐसी संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना